खमा खम्मा, खम्मा रे रुणी तेरा राजा राजा जगत महाराजा राजा रूणी चिरा राजा रे हो हरे खम्मा रुणी चेरा राजा ओरा हर जे कारा घर तिरे ऊपरी गूंजे ओरा